जिंदगी में कभी रुकना नहीं है चाहे परिस्थिति कैसा भी हो चाहे परिस्थिति कैसा भी हो दोबारा से खड़ा होना है और लोगों को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो